स कभी सोचा होता ये गुरबत कैसे तोड़ोगे छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे एक तरफ मगरूर हुकूमत की जालिम बुलडोजर है एक तरफ कुछ मासूमों के सहमे सहमे छप्पर है जालिम को जालिम कहने की हिम्मत कैसे तोड़ोगे जालिम को जालिम कहने की जरूरत कैसे तोड़ोगे छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे